हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे जैसे सब्सक्राइब करोगे तो पास में बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल पर सेट कर देना है ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए गाइस आज हमने माइंड होम टूर बताएंगे मतलब गाइस माइंड में मेरा कैसा घर है वो बताएंगे यार होम टूर तो, तो गाइज देख देखिए यहाँ से ऐसा है तो गाइज देखते रहिए ये बंद कर लेते वापस जाते इधर इधर वाले रूम को बंद कर लेते तो गाइज इधर जाते है तो क्या सिंध रहता इधर ये देखो बाहर और अंदर का व्यू देखो गाइज अंदर का व्यू ऐसा है अब हम बाहर गए अबे यार नीचे गिर गए वापस ऊपर जाते हैं गाइज ऊपर जाते हैं ये ऊपर गए तो गाइज देखिए हमारा घर कैसा लगा गाइज घर के लिए इतनी मेहनत के लिए आप गाइज एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है गाइज लाइक और सब्सक्राइब हमेशा फ्री है तो लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब करोगे तो गाइज क्या कहते हैं हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम भी वीडियो बनाना बनाएंगे और आप देखोगे कि कैसी बनी अच्छी बनी या नहीं तो ये इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो गाइज तो गाइज देखिए ये है हमारा दूसरा रूम तो गाइज देखिए कैसा है गाइज देखकर कमेंट करना कैसा घर बनाया है मान में कैसा घर बनाया गाइज देख कर कमेंट करो कैसा है अच्छा है या नहीं है अच्छा गाइज मेहनत की है बहुत मेहनत की है इस घर को बनाने में इतनी आप मेहनत ही नहीं करते लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई मेहनत नहीं है गाइज इतनी इस घर बनाने में है इसलिए गाइज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत मोटिवेशन लाता है इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो गाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड को या व्हाट्सअप पर फेसबुक पर ट्विटर पर जहाँ पर भी हो सके वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइज और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज देखिए कैसा लगता है आपको घर गाइज घर जा अच्छा लगे तो कमेंट में सुपर लिख दो या अपने सब से अच्छा लिख दो कमेंट करो गाइज कमेंट करो गाइज आपको अच्छा लगे तो घर अच्छा लगे तो आप कमेंट करो गाइज देखिए गाइज हम इसको बंद कर लेते हैं तो गाइज़ ऊपर का ये व्यू है ऊपर जाते ही ये व्यू है ऊपर का ये सीन रहता है गाइज ऊपर ये देखो इस बालकनी में गए बालकनी से देखते हैं तो ऐसे ये व्यू रहता है गाइज ये देखिए ऐसा व्यू है गाइज बाहर से बाहर से ऐसा व्यू है गाइज देखिए कैसा कमेंट करके बताओ कैसा लगा हमारा घर यहाँ से बंद कर लेते गैस कोई अंदर घुस ना पाए इसलिए हम सभी जगह से बंद कर लेते हैं तो गैस यहाँ से देखिए कैसा व्यू लगा आपको वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय